आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिक्स है, आवर क्रैश कोर्स जिसको हम लोग फास्ट्रैक कोर्स भी कहते हैं एक्सेल एडवांस एक्सेल में बिगिनर एडवांस दोनों हम लेके चलेंगे क्योंकि पहले से आपको बहुत चीज़ें पता है लेकिन मुझे नहीं पता है कि आपको कितना पता है इसलिए जितना थी मैं आपके साथ ऐसा लेके चलूँगा कि आपको कुछ नहीं आता है और आपको ऑफिस में काम करने लायक और वी, -वी को सीखने लायक जो चीज़ें चाहिए वो सारे चीज़ें हम इस कोर्स में आपको बताएंगे Okay. आप कभी भी सवाल अगर टॉपिक कोई समझ में ना तो कभी भी सवाल पूछ सकते हैं टॉपिक को रिपीट करवा सकते हैं हैं टॉपिक से बाहर के सवाल सवाल तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सवाल का क्लास थोड़ा सा रिलेटेड जो भी पूछना है, पूछ सकते है। sure. जो लोग मेरे YouTube पे मेरी वीडियोज को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन ऑन करें जब भी मैं लाइव आऊं आप मुझे मेरे साथ ज्वाइन कर सकें साथ में मेरी पूरी की पूरी वीडियोज आपको चाहिए सिक्वेंसली क्योंकि YouTube पे सारे वीडियो सिक्वेंस नहीं है आपको सारे वीडियो सिक्वेंस चाहिए तो आप इसके लिए जो है मैं मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है आप अगर जमुना जी की तरह मेरे साथ ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इसके लिए आपको वेबसाइट आई पी टी पर जाके डेमो क्लास का फॉर्म भरना होगा वेबसाइट की डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रप्शन लिंक में देखेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा मेरे नंबर सब कुछ रिपेयर चलिए शुरू करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं एक्सेल के बारे में जानना और एक्सेल को जानते हैं जी सबसे पहले हम एक्सेल के आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि एक्सल का आर्किटेक्चर क्या है देखिए जैसे कि आप जानते हैं एक है। कंपेयर करें तो उसको बोल सकते हैं कि डिजिटल रजिस्टर है पहले के जमाने में जो काम रजिस्टर हुआ करते थे वो सारा का सारा काम जो है ये सिस्टम पे होता है एक्सेल पे होता है तो, तो इसमें खासियत क्या है देखिए एक्सेल में जो खासियत है वो है कि यहाँ हर एक सेल का एक पाथ है हर एक सेल का एक एड्रेस है जिससे क्या होता है कि आप कोई भी कैलकुलेशन ईजिली कर सकते हैं कोई भी कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं जी हाँ है। अब जैसे कि आप अगर पावर बीआई बात कर लीजिए या बात कर लीजिए सर्वर या और जो डेटा बेसिस है उसमें क्या होता है कि वो फिल टू फिल की कैलकुलेशन होती है जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्वान्टिटी ले लिया क्वार्टर वन एंड क्वार्टर टू ले लिया मुझे ग्रोथ निकालना है तो इस यहाँ पे हम इजीली जो है कर सकते हैं कि भाई लेटेस्ट माइनस ओल्ड एज डिड बाई आसानी से कर सकते हैं क्योंकि तो यहाँ पर देखिए बी टू एस तरह के एड्रेसेज हैं एड्रेसेस बाकी चीज़ों में नहीं होते है। इसलिए एक्सेल बहुत ही अच्छी सॉफ्टवेयर जहां हम कैलकुलेशन करने के लिए किसी तरह के डिजाइन करने के लिए जो है वो फ्री रिफ्री होते हैं फ्रीडम होते हैं तो आगे बढ़ने से पहले दो चीज़ें की जरूरत एक्सएल में पड़ती है पहला सिलेक्शन मेथड लेकिन कुछ भी करने के लिए आपको एक्सएल में सिलेक्शन मेथड तो आना ही चाहिए अगर सिलेक्शन मेथड नहीं आ रहा है तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपको कुछ भी करना है आपको डेटा कॉपी पेस्ट करना है डेटा सिलेक्ट करना है डेटा ओपन करना है एनी करना है तो आपको चाहिए सिलेक्शन बिना सिलेक्शन का आप पेपर नहीं लगा सकते बिना सिलेक्शन के आप चार्ट नहीं लगा सकते फिल्टर नहीं लगा सकते डेटा शॉर्ट नहीं कर सकते कॉपी नहीं कर सकते तो सिलेक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि आज की इस क्लास में हम सब शुरुआत करेंगे सिलेक्शन से सिलेक्शन के बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है रेफरेंसिंग सिस्टम ये जो A1, B1, C1 है जो फार्मूला लगाते हैं उसका क्या रोल है और उसको कैसे हम लोग अप्सलूट करते हैं क्योंकि तो उसके बगैर फिर फार्मूला के बारे में सोचना पिकअप अब इसमें हम बात एक छोटा सा डेटा लेते हैं मैं अपनी क्लास में हमेशा रैन बिटवीन का फार्मूला यूज करता हूँ रैंड टू फॉर्मूला रैंडम नंबर शो करता है जी रैंडम नंबर तो एक एरिया में आप इसको इसकी जो फार्मूला है इस फॉर्मूले को रिप्लेस करने के लिए कॉपी किया और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल में पेस्ट ले वैल्यू कर दूंगा पेस मतलब जो वैल्यू के आपके मतलब कि तो आप सामने डेटा है तो इसके लिए सिलेक्शन दो तरीके से करते हैं सबसे पहले करें हम माउस से कैसे सिलेक्ट करते हैं तो माउस से सिलेक्ट करने के लिए आप जो है इस तरह से क्लिक क्लिक को होल्ड करते हुए नीचे आते हैं मैं आपको सलाह दूंगा कि जब माउस सिलेक्शन करते हैं तो स्टार्टिंग पोजिशन पर क्लिक कर दें और स्टार्टिंग पोजिशन क्लिक करने के बाद जो है सिप्ट को प्रेस करें और नीचे लास्ट वाले पे क्लिक करें मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि आप स्टार्टिंग में या एंडिंग में कहीं भी सिलेक्शन करें सिफ्ट को प्रेस करें सिफ्ट की को और ऊपर क्लिक कर दें आपका पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाए माउस सिलेक्शन, बाकी कीबोर्ड बोर्ड सिलेक्ट करते हैं तो की से आप अपना से कंट्रोल्टोल कंट्रोल क्या करता है कंट्रोल ए हमारा ऑल करता है जी हाँ सिलेक्ट ऑल इसको हम लोग करते हैं करेंट रीजन आप यहाँ फाइन एंड सिलेक्ट पे जाएंगे गो टू स्पेशल पे जाएंगे तो यहाँ होता है करेंट रीजन तो एक रीजन को यहाँ सेट कर लेता है कंट्रोल ए लेकिन इसमें प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ये है कि अगर बीच में आपका पूरा का पूरा मोड ब्लाइंक हुआ तो क्या होगा सिर्फ ऊपर का डेटा सेलेक्ट होगा नीचे का डेटा सेलेक्ट नहीं होगा सिर्फ ऊपर का डेटा ही सिलेक्ट सेम चीज आपका आपका कोई कॉलम पूरा-पूरा ब्लैंक ब्लैंक हुआ तो सिर्फ सिलेक्ट सिलेक्ट होगा होगा इसके बाद वाला ये पूरी पूरी की होनी चाहिए बीच में अगर कोई एक छोटा एक जगह भी टाइप किया हुआ है तो फिर पूरा सिलेक्ट कर उससे अच्छा है कि आप एक काम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक की में देखेंगे एक एंड और एक होम डिलीट के पास में तो की में कीबोर्ड कीबोर्ड कीबोर्ड देखेंगे तो दिखेगा दिखेगा दो एक की सबसे लास्ट वाले सेल पे चलाया जाए लेकिन जैसे में यहां शिफ्ट के साथ एंड प्रेस करूंगा तो इस कंट्रोल के साथ आप कीजिएगा सिर्फ नहीं कंट्रोल के साथ जब एंड प्रेस करूंगा तो सबसे लास्ट और ऐसे ही कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे, सबसे तो आप क्या कर सकते हैं इसको एंड कर, करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा तो आप देख रहे हो कि एक एक्स्ट्रा कॉलम क्यों कर रहा है देखिए जो कंट्रोल एंड है या कंट्रोल होम है क्या करता है ये आपका यूज सेल को करता है देखिये भले ही इसमें डेटा नहीं है लेकिन मैंने इसको भी यूज किया है ब्लैक है फिर भी ये सिलेक्शन मिलेगा क्योंकि हमने इसको यूज किया तो आप सबसे लास्ट में कर्सर रखें और यहाँ कंट्रोल शिफ्ट और आप होम कर दें तो पूरा का पूरा डेटा आपका सिलेक्ट होगा अब इसके बीच में कोई ब्लैंक रो है ब्लैंक सेल है इससे कोई लेना देना नहीं होगा ये आपका सिलेक्शन कर लेगा इसमें आगे बढ़ते हैं हैं इसमें आप कर्सर कर्सर मूव मूव की की बात तो एरो करते हो कर एक बार के साथ डाउन एरो सबसे लास्ट पर आ जाएगा डेटा यहाँ सॉरी यहाँ पे इसी में कंट्रोल यूज़ करेंगे तो सिर्फ एरोक्शन होगा देखिए कंट्रोल सिर्फ डाउन लेवल इसका यूज़ करते करते हैं। हैं अब बात मल्टी की तो कंट्रोल प्रेस करके आप क्लिक करेंगे वो नहीं है आपको देखिए ना डिलीट के आसपास होगा होगा एक ही दो जो चलेगा। डिलीट के पास है है है है। है। प्रिंट स्क्रीन होम वाला नहीं है। नहीं है। होना चाहिए। नहीं है। मैं बताता ये डेल का है। वो हाँ। oh. uh, नहीं, आ, want, है, तो है नहीं नहीं हाँ, दिखा आपको आपको आपको इफ यू वांट मैं मैं मैं मैं भेज भेज सकती इसका लेके लेके अपना वही फोटो क्या भी शायद आप शायद आप समझ भेजती ठीक है, मैं बाद में अभी ए? कर फिलहाल ये ले तो यहां पे क्या है कि आप कंट्रोल प्रेस करके एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं राइट लेकिन इसको कॉपी नहीं कर सकते अगर आपको कॉपी करना है तो मल्टी सेल सिलेक्ट करना है कंट्रोल वाला तो आपको जो है सीक्वेंस कंटिन्यू करना पड़ेगा। जैसे कंट्रोल प्रेस किया हमने इसको सिलेक्ट सॉरी ए वन सी वन ई वन एच किया तो हमने कई सारे कॉलम को सिलेक्ट किया बट रो हमारा सेम है अब मैं इसको कॉपी कर सकता कॉपी करके कहीं भी पेस्ट करूंगा तो क्या होगा आप देखिए आपके सामने इकट्ठा पेस्ट हो रहा है। कहीं भी पेस्ट करूं इकट्ठा पेस्ट होगा चाहे आप अलग अलग कॉपी क्यों ना अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए कि मैंने A से A4 कर लिया और C1 कर लिया और E से E4 कर दिया या E5 कर लिया मैं इसको कॉपी नहीं कर सकता मुझे सी को भी सी तक सेलेक्ट करना होगा सी फोर तक अब मैं कॉपी और इसको पेस्ट करेंगे तो पेस्ट तो मल्टीपल में में इसका ध्यान रखिएगा साथ अगर आपके पास हैं मैंने कई सारे इंसर्ट कर आप एक सीट पे डेट तो लिख के वन बाई वन कॉपी पेस्ट करेंगे एक सीट पे आपने डेट लिखा और वन वन बाय उसको आपने कॉपी तो दिक्कत दिक्कत क्या होगा होगा उससे? उससे आपका ये कि पांच बार बार बार या दस बार या करनाट में क्लिक कीजिए के साथ सबसे लास्ट में आप क्लिक कीजिए और यहां पे मैं डेट लिखता हूं अब हर शीट के सेम पोजीशंस पे हमारा डेट डल गई एक ही बार तो हमने पहले को सिलेक्ट क्लिक किया और सिफ्ट के साथ लास्ट वाले शीट पे क्लिक करके अब मैं कुछ भी टाइप करूंगा कुछ भी मूवमेंट करूंगा वो हर शीट पे मूवमेंट होगा लेकिन मुझे सारे शीट पे नहीं कुछ कुछ शीट्स पे चाहिए तो आप सिफ्ट के साथ नहीं कंट्रोल के साथ जाइए कंट्रोल दबाइए सीट थ्री एंड सीट फाइव अब मैं कुछ भी करूँगा जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे टाइम डाल दिया तो one, पे, A2 पे आप देखेंगे आपका टाइम में था सिलेक्शन के बाद हम बात करते हैं एड्रेसिंग सिस्टम की जैसे आपने यहाँ पे इक्वल किया ए वन मिनट। ये ना मुझे दोबारा आप बताएंगे ये शीट्स में जो हम सिलेक्शन किए हैं देखिए आप एक साथ कई सारे शीट को सिलेक्ट कर सकते हैं ओके okay. right? अगर पूरा का पूरा शीट सेलेक्ट करना है कि एक फाइल में जितने भी शीट है सारा सेलेक्ट करना है तो पहले शीट पे, हाँ. पे क्लिक करें शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट वाली शीट पे क्लिक करें right. क्लिक होते ही ये हाईलाइट हो जाएगा ऊपर ग्रुप आ जाएगा फिर right. राइट उसके बाद आप किसी शीट पे कुछ भी करेंगे हर शीट पे होगा तो अच्छा सेम रेप्लिका बन जाएगा जी ओके okay. और उसके बाद अगर आपको किसी पर्टिकुलर मैं पर्टिकुलर शीट पे जाना है एक किसी अपने हिसाब से तो कंट्रोल प्रेस करके क्लिक कीजिए जिस पे क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा और फिर आप जब भी कुछ करेंगे वो इसी सिलेक्टेड पे इस पे क्लिक किया के साथ उस काम होगा ठीक है आगे mm -hmm. जी आगे बढ़े बढ़े जी यस यस यस अब यहाँ हमने जिससे बात किया यहाँ पे हमारा है ए वन तो अगर मैं इक्वल के साथ ए वन लिखूंगा तो ए को रिफ्लेक्ट इसमें क्या है? ए हमारा है, one हमारा है। है। है, है, हमारा हमारा रो एड्रेस बोला जाता अब सेम पे इसलिए आपका इस तरह से दिखा रहा है। ताकि कि किसी और सीट से अगर मैं इस पे आऊंगा तो फिर उस सीट के नेम के साथ कि और और सेल एड्रे, सेल एड्रेस, और सीट के बीच ऐसे फाइल में जाएंगे तो फाइल के साथ भी फाइल का आएगा तो एक एड्रेस होता है अब एड्रेस बनाया क्यों गया इसका क्या होता है इसका बेनिफिट मान लीजिए कि जो ए कॉलम में जो नंबर लिखा हुआ है उसमें ट्वेंटी एड करके मुझे बी कॉलम में लिखना है तो आप मैनुअली यहाँ पे एट्टी फाइव प्लस अगर 20 करते हैं तो रिजल्ट तो आ जाएगा लेकिन फिर अगर एट्टी फाइव की जगह नी फाइव हुआ तो फिर आपको यहाँ वापस अपडेट करना पड़ेगा तो केस में हम लोग क्या करते हैं कि इसका एड्रेस यूज करते हैं इस पर क्लिक करते हैं इसका एड्रेस आ जाता है ए टू ए टू मतलब ए टू की वैल्यू आएगा ए टू प्लस ट्वेंटी राइट अब इसमें क्या है बेनिफिट और है अब मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँ या नीचे की तरफ कर दूँ तो हर शीट पर जितने भी नंबर ऑफ शीट्स हैं हर शीट आप सॉरी सेल से माफ कीजिएगा शीट हर सेल पर आपका रिजल्ट आएगा तो यहाँ पे खासियत देखिए कि ए वन ए था यहाँ पे ए हो गया यहाँ पे ए हो गया मतलब किसी भी फॉर्मूला को जब ऊपर से नीचे के तरफ ड्रैग करते हैं तो उसका एवरेस उसी हिसाब से चेंज होता है अगर मान लीजिए मैं इसके ऊपर करूँ तो ये घटेगा बढ़ेगा सेम कॉलम में भी होता है कि आगे की तरफ मैं ड्रैग करूँ तो आपका ए बी हो जाएगा अब पीछे बी ए हो जाएगा तो इस तरह से जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हो तो रोल नंबर इंक्रीज होता है जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो तो आपका कॉलम नंबर कॉलम का नंबर जो है वो इंक्रीज होता है उसी तरह से जब वापस रिवर्स में आते हो तो डिक्रीज तो इसका एक बेनिफिट है आप सोच लीजिए कि ऐसे अगर 10,000 नंबर्स होते हैं सबको अगर आपको 20 ऐड करना होता तो मैनुअली ऐड करना पड़ जाता ना बट ड्राइव करना है कॉपी करने से फायदा यह हुआ कि हमने एक सेल सेल्फॉर्म तो में लगाया और नीचे तो पेस्ट कर लिया अब इसमें एक खासियत और भी होती है कि अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ट्वेंटी मैंने लिख दिया डी वन अब मुझे डी की जो तो ट्वेंटी है उसको प्लस करना है। तो इसमें हमने प्लस इसको सिलेक्ट कर लिया एंटरपेस किया और नीचे की तरफ हम इसको ड्रैग तो नीचे तो तो जहां था, वहां पे तो जब ये कॉलम A का रेफरेंस बढ़ेगा तो कॉलम बी का भी बढ़ेगा बट यहाँ पे मुझे D को नहीं बढ़ाना है डी को अपसूट करना है फ्रीज करना है तो इसके आगे हम डॉलर साइन लगा दिए हमें रो के आगे डॉलर साइन क्यों लगाया क्योंकि जब मैं टॉप टॉप टू टू बॉटर ऊपर से नीचे तो रो तो रोकना है इसलिए हम इसको तो हमने अभी सिर्फ रो वन रो रो को फ्रीज किया है डी को, को फ्रीज नहीं किया है मतलब अगर मैं लेफ्ट टू राइट ड्रैग करूंगा तो डी जो है ई हो जाएगा आप चाहते न हो तो इसके आगे हम डॉल लगा तो दोनों तरफ दौड़ दो लगा या कॉलम तो तो तो तो कोई खास है नहीं पढ़ाने के लिए आप इसमें अपने हिसाब से देख लीजिएगा इसमें कुछ है नहीं हाँ इसमें ऑप्शन के अंदर भी कुछ और चीजें है जो की आप कर सकते हैं। जैसे कि आ, यहां आपका आ, सेव में आप आप अपना डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट फ़ाइल फ़ॉर्मेट और सेविंग लोकेशन सेट कर सकते हैं। हैं, जैसे कंट्रोल कंट्रोल एस करते हैं, तो कंट्रोल एस करते करते तो समय बाय अंदर होता है, है।, से है। छोटी मोटी चेंजिंग होती है चेंग राइट कर लिया तो आप एंटर मान ले तो राइट होगा अगर आपने मान लीजिए इसको कर लिया, तो ड्रैग नहीं कर सकते इसी तरह की चीजें होती है इसमें एक नई चीज जो आप सीखने लायक हो सकता है, हो सकता है लिस्ट। क्या होता है कस्टम लिस्ट कस्टम लिस्ट होता है जैसे मैंने यहां पूजा लिखा और जब ड्रैग करूंगा तो देखिये पूजा ने लिस्ट आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग जैन लिखते हैं और नीचे की तरफ करते हैं तो जैन मार्च आता है इसमें आप जो है आ, संडे लिखते हैं नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो संडे मंडे आता है उसी तरीके से मैंने पूजा लिखा नीचे ड्रैक किया तो लिस्ट आया बट आपके सिस्टम में जब करेंगे तो सिर्फ पूजा पूजा ही आए इस तरह से से क्यों? क्योंकि आपने लिस्ट लिस्ट तैयार तैयार नहीं कर रखा तो है। करेंगे? इसके लिए आपको फाइल के ऑप्शन में आप जाए और न्यू लिस्ट पे यहाँ पेस्ट बना लें यहाँ पे बना रखा है कहीं किसी सेल पे बनाया हुआ है तो और ये आपका एप्लीकेशन के अंदर सेट हो जाएगा तो किसी भी फाइल के ऊपर आप को जैसे मैं यहां पे कोई भी सिटी लिखूं और ड्रैग करूं तो सिटी से आगे हमारा कंटीन्यूअस सीक्वेंस बन जाएगा और इसका यूज तो हम आरएम सॉर्टिंग में भी करते हैं तो कस्टम uh, लिस्ट sir, कर, एक मिनट हम एक्सेल ऑप्शन में गए एडवांस में गए एंड देन ऐड इट कस्टम लिस्ट बंद हो इतना है Ormanage, ormanage. Oh, ये कौन से टाइप में है इसमें नीचे जाना है तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है की आपको कोई चीज लिखना पड़े छूट जायेगी क्योंकि साथ साथ करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा की स्ट्रीम नहीं देख पा रहा हूँ पता कि आप कर रहे हैं आपकी ध्यान आपके सिस्टम पे है और मैं आगे बने आएंगे तो इसमें आपके पास डेवलपर बाई डिफॉल्ट नहीं होता है तो डेवलपर टैग लेके आ सकते हैं आप बोलेंगे मेरे पास एक पावर पीमट भी है तो पावर पीमट के लिए हमने एड में इंस्टॉल किया था तो ये पावर पिमिट की क्लास में आपको सिखा दूंगा कि कैसे इंस्टॉल करना है उसके अलावा इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं टू नॉट कमांड इन द रिवन जो रिवन में नहीं है उसको आप किसी भी रिवन में यहाँ से ऐड कर सकते हैं अगर ऐड नहीं होगा तो आप न्यू ग्रुप बना के ऐड कर लीजिएगा या न्यू टैब बना के ऐड नया टैब भी बना सकते हैं उसके बाद हम बारते हैं होम थरह, होम मेनू मेनू की तरफ में हमारा एक क्लिपबोर्ड है तो मैम आप लोग कॉपी कॉपी कॉपी कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट पेस्ट तो तो तो करते करते होंगे ना बहुत कुछ कुछ होता है सर। करते कुछ होता है ना तो होता है तो हैं नहीं ही के बिना क्या चलेगा उसके अंदर कुछ चीजें हैं जो जानना आपको जरूरी है ठीक है जैसे कि मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डेटा बनाया छोटा सा डेटा बनाया ताकि आपको इफेक्ट पता चले कि क्या इफेक्ट हो रहा है वैसे मान लीजिए कि इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह में कर देता हूँ यहाँ से और इसको कॉपी करके कहीं और करता हूँ अगर आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते तो पूरा आता है आप फॉर्मूला के लिए क्या करते हैं स्पेशल फॉर्मूला सेलेक्ट करते हैं तो फॉर्मूला आता है मतलब होता है आप अगर मान लीजिए कि फार्मूला नहीं चाहिए आपको वैल्यू चाहिए तो पेज वैल्यू कर देते हैं तो वैल्यू आता है तो अदर पहले मैंने बताया कि फार्मूला रिमूव करने के पेस्ट एस इज वैल्यू आप उसी लोकेशन पे कर देते हो फार्मूला आपका रिमूव हो जाता है बाद बाकी इसमें आपको पेस्ट इज फॉर्मेट है जो किसी फॉर्मेटिंग को पेस्ट करता है कमेंट्स कमेंट्स पता है आपको पूजा जी क्या होता है किसी सेल से कमेंट्स कमेंट्स हां पता है वो क्या होता है नहीं मैंने कभी यूज नहीं किया है यहां पे तो कमेंट्स क्या होता है नहीं कमेंट्स क्या होता है मैम स्पेशल कमेंट्स इफ यू वांट टू गिव समथिंग पर पर्टिकुलर सेल एडिशनल डालना चाहते हैं जो माउस right. hmm. uh, uh, so, है मुझे सिर्फ कमेंट को ही पेस्ट करना होता है तो कॉपी कीजिए स्पेशल पेस्ट रह यहाँ पे एक और चीज़ आती है जब हम रिपोर्ट बनाते हैं तो रिपोर्ट की कॉलम की ब्रथ हम अपने हिसाब से सेट कर देते हैं छोटा कर लेते हैं कभी बड़ा कर देते हैं लेकिन जब इस डेटा को हम कॉपी करके कहीं पेस्ट करते हैं तो क्या होता है कि मेरा कॉलम का ब्रथ पेस्ट नहीं होता है ध्यान रखिएगा कभी भी कॉपी पेस्ट कीजिएगा पेस्ट वैल्यू पेस्ट फॉर्मूला तो आपका कॉलम की साइज पेस्ट नहीं होगा नतीजा क्या होगा और फिर से दोबारा पूरा सेटिंग चेंज करना ताकि एक पेज पर प्रिंट हो चाहे एक पेज पर व्यू हो लेकिन आप ध्यान रखिएगा पेस्ट स्पेशल तो अगर आप पेस्ट स्पेशल करते हैं पेस्ट स्पेशल में सिर्फ कॉलम रखते हैं तो इससे सिर्फ कॉलम की वर्थ पेश करेगा बल्कि आपका डेटा पेस्ट सिर्फ कॉलम की वर्थ को पेस्ट करेगा तो दोनों करने के लिए अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है तो पेस्ट स्पेशल में एक ये दिखेगा, जो होता है, सोर्स भी और भी अच्छा एक प्रॉब्लम और आती होगी जो आपके डेटा में डेट होता होगा डेट पर जो आप पेश करते होंगे तो क्या होता है डेट जो है एक नंबर बन जाता है ना जब पेस्ट है वैल्यू करते हैं तो तो कभी आपने जानने की कोशिश की है कि नंबर होता क्या है ये जो आया ये है क्यों? अब बहुत सारे लोगों का मानना है कि सर कोड है एक्सल जो है ना डेट को एक्स ए कोड में रखता है डेट का कोड है एक अलग गलत है ये डेट का कोड नहीं ये है। नंबर देखिए क्या होता है कि आपका जो कंप्यूटर का जो कैलेंडर है वो स्टार्ट हुआ है फर्स्ट जैन 1900 से और फर्स्ट जैन 1900 से जब आप डेट डालते हैं जो डेट डालते हैं तब तक कितने नंबर ऑफ डेज है वो ये है समझ गए इसको साबित कैसे करेंगे तो साबित करने के लिए आप वन लिखिए कि पहला दिन इसके ऊपर आप जो है डेट का फॉर्मेट अप्लाई आपको है फर्स्ट जनवरी साबित हुआ कि पहला जो तो डेट है ये है मतलब कि इससे पहले का जैसे मान इस्तेमाल सेवेंटी फोर लिखा दिस इज नॉट ए डेट इस पे किसी भी तरह का, का कैलकुलेशन किसी भी तरह का चीज़ नहीं हुई क्योंकि सिस्टम ने इसे डेट रिक नहीं किया इसको क्या क्या क्या है क्या रिकोनाइज किया है एज ए टेक्स्ट ठीक है अब यहाँ पे मान लीजिए मैं थर्टी टू डालता हूँ तो क्या होगा फर्स्ट फरवरी तीस के बाद इकतीस के बाद महीना चेंज हो गया थ्री सिक्स सेवन डाला तो ये यहां देखिए ईयल चेंज हो गया ऐसी मैं चौवालीस सौ चौवालीस हजार जीरो थ्री दिन लिखूंगा तो ये आपका सात फरवरी जो क्या डाला हो वो डेट आ गया सात फरवरी अब अगला क्वेश्चन मन में ये निकल सकता है कि प्रोग्रामर ने झमेला क्यों क्यों तो ऐसा इसलिए क्योंकि सिस्टम कहता है कि आप किसी भी नंबर और टेक्स्ट या, या टेक्स्ट के ऊपर कैलकुलेशन नहीं कर सकते तो तो अगर का अगर डेट होता टेक्स्ट में तो इस हम प्लस कुछ करते तो प्लस होता ही नहीं अब जो प्लस एक फरवरी हो रहा है वो बारह जनवरी नहीं ये आपके 44 208 पे हो रहा है रिजल्ट एक फरवरी नहीं चौवालीस दो आ ठीक है इस किया गया। अब जब पेस्ट पेस्ट है हम वैल्यू वैल्यू करते हैं तो पेस्ट को बोला रिमूव ऑल फॉर्मेट और डेट डेट, का फॉर्मेट है है। तो तो उसको रिमूव कर देता तो अगर आपको चाहते हैं कि टाइम, तो जो जनरली हम लोग इस, इसका इस्तेमाल करते रहिए हम लोग जाए वैल्यू करते हैं और फिर डेट या टाइम जो भी फॉर्मेटिंग मिसिंग होती है मैं? मैं यस मोस्टली भी करता था था जब जब नहीं देता था था। तो आग के सामने होता है अगला क्वेश्चन आता है ऑपरेशन uh, जैसे यहाँ पे हमने ट्वेंटी लिया यहाँ पे थर्टी राइट right? अब 20 को 30 के ऊपर पेस्ट स्पेशल से या नॉर्मल पेस्ट करेंगे तो क्या होगा रिप्लेस हो है। लेकिन इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल से अगर मैं यहां पे करता हूं मल्टीप्लाई एडिशन एडिशन ले लीजिए तो अब क्या होगा जहां से कॉपी हो रहा है और जहां पे पेस्ट हो रहा है उनके बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन और जो फाइनल रिजल्ट है वो पेस्ट होगा मतलब कि 50 समझे मैम अब यहां पे क्वेश्चन आता है इसका बेनिफिट क्या है इसका बेनिफिट क्या है तो बेनिफिट के लिए आपको थोड़ा सा परसेंटेज की सिस्टम में चलना होगा मान लीजिए मुझे यहां 20 परसेंट लिखना है तो हम लोग क्या करते हैं 20 परसेंट का सैंपल देते हैं फिर एक्टर मारते 20 परसेंट आके लेकिन मैं ले 20 लिख दूं और बाद में कभी इसके ऊपर करके परसेंट करूं तो क्या होगा 2000 एक्सेल में वन इक्वल टू 100 परसेंट क्या होता है वन इक्वल टू 100 परसेंट right? राइट यहां पर एक प्रॉब्लम आती है कि अगर मुझे बाद में अगर बाद में आपको परसेंटेज लगाना हो तो आपको यहां पे जीरो पॉइंट टू जीरो लिखना होगा जीरो पॉइंट टू फिर इसके ऊपर आप परसेंटेज लगा सकते अब होता क्या था कि हमारे एक कलिक थे मुझे एक डेटा भेजते थे एक कलिक हमारे हमें एक डेटा भेजते थे और डेटा कुछ इस तरह से होता था और वो परसेंटेज का सैंपल देते थे अब मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे डबल फोर परसेंटेज का साइज देंगे तब होगा थर्टी सेवन परसेंटेज देगा तब होगा अब ऐसे अगर हजारों डेटा है तो काफी टाइम लगेगा तो यहाँ पे हम हम इस वाले मेथड को को अपनाते थे। हम क्या करते थे थे। थे करते करते करते कि 100 में में लिखते थे। फिर इसको कॉपी और इसको right play, special, और सेलेक्ट करके राइट पेस्ट स्पेशल डिवाइड। डिवाइड ही वो परसेंटेज चला जाता था और तो परसेंट का देते हैं, देखेज करोज रिपीट कर चाहे तो आप साथ साथ कर ही सकते आपको क्या करना है कि ये आपको एक अलग सेल पे हंड्रेड टाइप करना है अब यहाँ पे लॉजिक क्या है कि अगर मैं फोर्टी फोर को हंड्रेड से डिवाइड करूँ तो ये फोर्टी फोर जीरो पॉइंट फोर फोर आएगा इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो फोर्टी फोर आ जाएगा तो हमने एक अलग सेल पे हंड्रेड को टाइप किया फिर उस हंड्रेड को एक एरिया में सिलेक्ट उस एरिया को सिलेक्ट किया एक सेल को कई सारे सेल पे पेस्ट किया जा सकता है ठीक है तो एक एरिया को सिलेक्ट किया फिर पेस्ट स्पेशल और इस पेस्ट स्पेशल में हमने क्या करेंगे डिवाइड को सिलेक्ट करेंगे या ऑपरेशन वाले सेक्शन में हमने डिवाइड को सिलेक्ट किया दैन ओके okay. तो so, हर नंबर हंड्रेड से डिवाइड हो गया और डेसिमल में आ गया अब मैं इस पर इजिली परसेंटेज का सैंपल लगा सकता हूं ठीक है क्लियर है मैम सिंपल सा उसके बाद इसमें कुछ छोटे छोटे ऑप्शन से एक बार देख लेते हैं में कुछ नंबर्स हैं मेरे पास सॉरी मैं मैंने यहां पे एक रैंक बिटवीन का फॉर्मूला लगा के कुछ नंबर्स हमने यहां पर दे दिया मुझे इस नंबर्स में कुछ नंबर्स हैं जो कि इस तरह से मैं चाहता हूं कि जो नंबर है वो अपडेट हो जाए मतलब कि जो ब्लैंक है वो सही है मतलब कि मैं पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करूंगा तो ब्लैंक वाला भी पेश हो जाता है नहीं नहीं जो जिसके सामने ब्लैंक है वो करेक्ट है उसको जैसा है जैसा रखना है तो हमें पेश किसको करना है जिसके सामने वैल्यू रहता है तो इस तरह से अब वन बाई वन करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा तो इसके लिए हमने क्या किया पूरे इसको कॉपी किया इसके ऊपर राइट क्लिक पेस्ट पेस्ट स्पेशल और हमने स्किप स्किप किया किया तो ये क्या हुआ कि सबको जरूरी लोगों को पता होता है इसे बोलना yes. उसके बाद आते हैं पेस्ट एजे है लिंक पेस्ट एजे लिंक अब से जो लिंक क्या होता है जैसे कि आप चाहते हैं कि एक सेल पे जो हम टाइप करें वो अगले सेल पे अपडेट हो जाए जैसे कि मैं चाहता हूं कि जो मार्क्स B2 में है वही मार्क्स यहां H2 में भी दिखे और B2 जो अपडेट करूं, तो एच टूट में आपका इसके लिए आप लोग इक्वल प्रेस करते हैं ना इक्वल प्रेस करके सेलेक्ट करके और फिर इसको ड्रैक करते होंगे जरिए लोग ऐसे ही करते हैं शायद आप भी ऐसे करते हैं नहीं कभी कभी क्या होता है कि मुझे पूरा नहीं चाहिए जैसे मान लीजिए मुझे इंदर का नहीं चाहिए मोहन का नहीं चाहिए तब तो फिर यहाँ तो आप से आपको डिलीट करना पड़ेगा सलाह देंगे हमने इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया उसके बाद इसको कॉपी कर लेते मतलब जिस एरिए को लिंक कर रहा है उसको आप कॉपी कर लीजिए और पेस्ट स्टेशन में पेस्ट एज ए लिंक होता है पेस्ट पेस्ट लिंक right? कर दीजिए हो जाएगा राइट ठीक है तो आप इमेज भी कर सकते हैं इसे पेस्ट के नीचे जहाँ ये देखिए पेस्ट के नीचे आपको अदर पेस्ट ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो पेस्ट एज ए पिक्चर दिखेगा अब पिक्चर हो गया तो इसको छोटा कर लीजिए बड़ा कर दीजिए रोटेट कर दीजिए कर सकते हैं बट इसके अंदर जो टाइमिंग लिखा हुआ है वो चेंज नहीं कर सकते या फिर आपने यहाँ पे कुछ चेंज कर दिया तो ये अपडेट नहीं होगा दोबारा से कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा लेकिन आप चाहते हैं कि अपडेट भी हो तो पेस्ट से पिक्चर नहीं पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक का यूज पिक्चर लिंक क्या हुआ इसके साथ लिंक हो गया अब इसमें जो भी चेंज होंगे एटलीस्ट आप कलर भी चेंज करेंगे तो ये अपने आप को चेंज करेंगे कोई नंबर आपने चेंज किया तो नंबर भी चेंज होगा इसको आप सेम सीट अन सीट अनोद्रक्शन पावर पॉइंट सब पे रख सकते हैं अब ये हमारे कुछ डेटा बढ़ता है हमने यहां लिख दिया इंदम तो इसमें फिर अपडेट कैसे हो तो हर एक ऑब्जेक्ट किसी न किसी फॉर्मूले से लिंक होता है ये पिक्चर के ऊपर जैसे पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे फॉर्मूला अब आपने दिख जाएगा फॉर्मूला में दिख किया आप सेवन को आप यहां से एड कर दीजिए ठीक है चेंज हो गया विदाउट इसमें चलिए उसके बाद यहाँ पे बाकी चीज तो नॉर्मल है फॉर्मेट फॉर्मल हो गया कलर करना बॉर्डर करना मर्ज अनमर्ज तो ये चीजें तो जनरली आपको आता भी होगा ना भी आता होगा तो आप इसको करके भी सीख सकते हैं इसको सिखाने की कोई जरूरत नहीं है क्या जमना जी ना। ना। ना। इसमें जो है फॉर्मेटिंग में आते हैं नंबर फॉर्मेटिंग में आते हैं नंबर फॉर्मेटिंग में बाकी फॉर्मेटिंग तो नॉर्मल है जो कुछ बताने की जरूरत नहीं है अपडेट चेंज करें टाइम चेंज करें परसेंटेज करें इसमें कस्टम है जो आप, आपको बताने की जरूरत है तो चलिए कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में हम जानते हैं कस्टम फॉर्मेटिंग का यूज जो होता है वो होता है इसमें हमने कोई टेक्स्ट लिखा एक, एक नंबर लिखा है इस नंबर को शो करना जैसे मुझे शो करना है एम 500. तो आपने एम आर पी फाइव अगर मैनुअल लिख दिया तो इस पर आप जब जाएंगे तो प्लस ट्वेंटी या कुछ ऐसी कैलकुलेशन करेंगे जो कि जरूरत पड़ सकती है वो नहीं होगा क्योंकि ये टेक्स्ट तो मैं चाहता हूँ कि विजुअल तो ऐसा हो बट इससे हम कैलकुलेशन भी कर सके इसके लिए हम कस्टम फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हैं जो कि नंबर वाले सेक्शन के सबसे लास्ट में हमने हमने लिखा inverted में MRP. हमने क्या लिखा inverted में में क्या अब इसके आगे मुझे जीरो और हैश लगाना पड़ेगा अगर मैं जीरो हैश ना लगाऊ तो क्या होगा सिर्फ एमआरपी शो होगा अच्छा सो हो रहा है मतलब में 500 क्योंकि कोई भी फॉर्मेटिंग आपके डेटा की रिजिबिलिटी को चेंज कर सकता है को नहीं आपने जो टाइप किया है वही रहेगा बस दिखावा है उसकी दिखावाइ जो, जो है उसकी जो जो दिखता है वो बदल जाएगा तो यहाँ पे आपको जस्ट एमआरपी शो होगा तो मुझे आपने अपना 500 भी शो करना है तो उसके लिए मुझे एमआरपी के बाद जीरो या हैश लगाना हो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता जीरो या हैश लगाइए लेकिन आप डबल जीरो तो हो सकता है आप डबल जीरो लेकिन अब इसमें आगे जो बढ़ते हैं दो हैश लगा दिया तो क्या होगा तो दो हैश लगाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नहीं करता है। हैश डिजिट को मेंटेन नहीं करता है ठीक है यस। yes. <coughs> अब इसमें अब इसी का बेनिफिट देखिए इसे चेक नंबर है आपका तो चेक नंबर किसने ने लिख के दिया उसने जीरो नहीं लगाया क्योंकि जो जिस अगर छः डिजिट का है तो ठीक है जो मान लो कभी कभी क्या होता है कि पाँच डिजिट का होता है जीरो जीरो जीरो इस तरह से तो होता है कि जीरो लग जाता है जितना तो डिजिट कम होता है तो यहाँ आप कस्टम पेयर यहाँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मतलब सिक्स टाइम जीरो डाला तो सिक्स टाइम लगा अब जैसे मोबाइल नंबर मेरे पास है मोबाइल नंबर मैं चाहता हूँ कि प्लस लग जाए प्लस लग जाए तो इसको हमने लेक्ट किया और कस्टम इसमें प्लस नाइन वन और उसके बाद मैं यहां पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन टेन एक भी है तो तो इसमें जीरो क्यों नहीं लगाया अगर जीरो लगाता कोई नंबर अगर यहाँ गलत लिखता तो क्या होता कि वो जीरो जीरो लगा के पूरा बराबर क्यों देता देखने में पता ही नहीं चलता कि कहां पे गलती हुई है गलत नंबर डला इसे मान लीजिए कि मेरा एक क्रेडिट कार्ड नंबर का डाटा है।, है तो क्रेडिट कार्ड नंबर का डाटा इस तरह से होता है 4152। मतलब तो तो मुझे आठ डिजिट ही मिलते हैं, पहला चार लास्ट का चार और बीच में जो होता है, इस तरह से एकस, एकस एकस होता है तो जब मैं टाइप करता हूं तो मुझे तो मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ आठ डिजिट कंटिन्यूअस टाइप कर दूं और बीच में एक्सेस अपने आप लग जाए जैसे कि आपने यहाँ एम आर पी लगाया ये चीज़ें भी आप कर सकते हैं आप यहाँ नंबर पे आए कस्टम पे आए और यहाँ पे सिंगल कोड यहाँ सॉरी वन टू थ्री फोर इन्वर्टेड कुमा में एक्स एक्स एक्स एक्स स्पेस एक्स एक्स एक्स एक्स यहाँ पे वन टू थ्री फोर हमें डिजिट मेंटेन नहीं करना होता मतलब अच्छा। अच्छा। जीरो मान लीजिए अब इसमें ना अगर मान लीजिए सात डिजिट डाल दूंगा ना तो जीरो लगा देगा आगे हो। के जीरो हम्म hmm. right. इसमें नहीं होगा यहाँ पे देखिए यार hmm. जो लगा दिया ना hmm. हैश ऐसा नहीं कर रहा यहाँ पे देखिए इसने जियो नहीं लगाया हम्म hmm. ठीक है राइट right. अब ऐसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ट्वेंटी फाइव थाउजेंड निकला हूँ मैं चाहते हूं अमाउंट इन थाउजेंड में कन्वर्ट हो जाए दूसरे क्या करेंगे कस्टम और यहाँ पे हैश दीजिए एक कॉम उसके आगे कुछ लिखना चाहते या कुछ और लिखना चाहते, लिखना चाहते चाहते yes. अब मान लीजिए मुझे इस पे होतेजिनल तो ऐसा नहीं कि फिर होगा, ये आएगा, क्योंकि तो हमारा वही है ना फॉर्मूला हमारा ओरिजिनल ही वर्क करता है ठीक है yes. तो इसी तरह से जीरो तो हाँ, आप उल्टा तो जो की हम हर किसी को देते हैं हैं, आप टाइम निकाल के उस आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा तो सर आपने जो कल मेल किया था ना वो मेरे को नहीं पहुंचा एक देख लेते हैं तो आपके सामने मैंने ईमेल आईडी डाला था। वो आप इसमें चेक किया था। और में चेक किया किया था? में है? है मेरा यही है ना? कितने तरह? हाँ। तो, तो मैंने? हाँ, में चला गया। तो एक एक आर्टिकल है कस्टम कॉमेटिंग की वो मैं आपको भेज देता आया है? तो जो कस्टम कॉमेटी में बताया उसमें और भी क्या क्या एग्जांपल हो सकते थे इस आर्टिकल में दिया गया है ठीक है हमारे एक्सपोर्ट की क्लासेस में मैं इसको दो घंटे में पढ़ाता हूं दो घंटे की क्लासेस होती है लेकिन दो घंटे मेंस्टम कॉमेटी में दूंगा तो काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा इसलिए मैं आप लोगों को यह आर्टिकल दे देता हूँ ताकि आप इसको पढ़ लें फिर भी कोई कंफ्यूजन होती है तो आप हमसे फोन पे बात करें ठीक है चल, आपको दिया। से से, से फाइल के के गया है, है? है ठीक ओके। अब कस्टम फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग बाद बात होती कंडीशनल कंडीशनल लिए हमें चाहिए एक डेटा क्योंकि तो हम डेटा के बगैर कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस्तेमाल नहीं कर सकते तो हम जाते हैं डेटा एक डेटा लेते हैं एक ऐसी सैंपल डेटा हमने ले पेस्ट वैल्यू एंड नंबर लियाल चल। अब डेटा है अब देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाइए या नॉर्मल कस्टम फॉर्मेटिंग लगाइए या नॉर्मल फॉर्मेटिंग लगाइए उसमें क्या होता है कि जहां आपने कर्सर रखा और क्लिक किया वही फॉर्मेट होता है बाकी फॉर्मेटिंग नहीं होता है उससे मतलब ये नहीं है कि ये इसके वैल्यू क्या है इसके अंदर क्या टाइप है क्या हो इसने फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दिया तो कर दिया लेकिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होता है कि आप अपने कंडीशन के हिसाब से जैसे मैं चाहता हूँ कि इसमें जो ग्रेटर देन 50 है वो कलर हो जाए तो कंडीशन फॉर्मेटिक में यहाँ हाई सेल्स रूल्स से इस तरह से कई सारे कैटेगरी है सबसे पहले आप यहाँ पे हाई सेल्स रूल्स पे जाते हैं जहाँ यहाँ ग्रेटर आपको दिख रहा है गेटर गन पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने अपना नंबर डाल दिया अब इससे जो बड़ा था हाईलाइट हुआ लेकिन डिफॉल्ट कलर से हुआ तो कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि अपने हिसाब से जो कलर चाहिए वो कलर यहाँ चूज कर सकते हैं उस कलर से यहाँ आपका हाईलाइट होगा अब आपको खुद का कलर चाहिए तो कस्टम पे जाइए और कस्टम पे जाने के बाद आपको जो कलर चाहिए वो कलर चूज करके ओके कर दीजिए आप कलर हो हो और वो में, में भी होगी जैसे है है कल के डेट में अगर 81 हो जाता है, तो ये हो हो जाए अगर जा कल के डेट में हो जाता है तो हट जाएगा तो इसमें और क्या क्या चीजें एक बार देख लेते बड़ा लेस नंबर से छोटा बिटवीन दो नंबर के बीच की वैल्यू तो ग्रेटर दैर लेस बिटवीन में आप तीन चीजें डाल सकते हैं नंबर डेट एंड टाइम जैसे मान लीजिए कि आपको अगर तेरह जनवरी 2020 से पहले की डेट हाईलाइट करनी है तो आप यहां पे लेस देन लिखेंगे यहां पे 13 तेरह देखिए करंट ईयर होता ना कीस होता तो मुझे आगे डालने की जरूरत नहीं थी इयर डालने की जरूरत नहीं थी बट प्रीवियस ईयर है तो मुझे ईयर डालना तेरे पहले देव बट इसमें की इसमें टेक्स्ट नहीं कर सकते सकते हिसाब से चूज कर सकते हैं क्वल टू में कुछ भी हैं उसके बाद आता है text that अब है, है अब जैसे मेरा नाम पे पे देखिए पूजा और पूजा सिंह अब मेरे हिसाब से दोनों सेम पर्सन किसी ने पूजा लिख दिया किसी ने पूजा सिंह कर दिया तो इसको अगर मैं क्लिक करता हूं और यहाँ आता हूं इक्वल टू क्वल टू में अगर मैंने मान लीजिए पूजा दे दिया तो पूजा सिंह जो है वो नहीं होगा सिर्फ पूजा तो इसके लिए हम यहां पे होगा टेक्स डेट कंटेंट का यूज करते हैं इसमें मैं पूजा डालूंगा तो पूजा भी हाईलाइट होगा और पूजा सिंह भी होगा ठीक hmm. है hmm. इसी में आपका डेट है अगर डेट को हाईलाइट करना चाहते हैं जैसे मैं यहाँ पे 20 तारीख 20 सितंबर का डेट डाल दिया तो इसमें अगर मान लीजिए कि मुझे आज की सिस्टम डेट हाईलाइट करनी है तो इक्वल टू पे चलो आपने लिख दिया 26 सितंबर सेप्टेम्बर हाईलाइट हो गया बट ये फिक्स तो नहीं रहेगा ये चेंजेबल है हर दिन चेंज होते रहेगा ना ये डेट हमारा लेकिन यहां तो चेंज नहीं होगा तो यहां आप क्या करेंगे डेट ऑफरिंग के अंदर यहां पे मैंने टू सिलेक्ट कर लिया हमने क्या किया हमने कंडीशन में गए, डेट ऑफरिंग और यहां पे मैंने टू डे सिलेक्ट कर लिया तो आज 25 सितंबर हाइलाइटेड है कल आप इसको खोलेंगे तो यहां 26 छब्बीस 27 होगा तो अट्ठाईस के साथ साथ चेंज करते रहेगा कुछ okay. इस तरह से और फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिक आपके हिसाब से कर सकते हैं उसी तरह से डुप्लीकेट वैल्यू सिलेक्टेड सेल में अगर कोई वैल्यू मोर देन वन टाइम है तो उसको हाईलाइट कर देगा मोर देन वन टाइम है तो उसको हाईलाइट तो हाईलाइट सर्विस में पढ़ा ग्रेटर देन लेस देन बिटवीन इक्वल टू टैक्स दैट करते दे हैं डेट ऑकनिंग एंड डुप्लीकेट में इसमें कोई डाउट है आप लोगों को no. नो चल आगे no. बढ़ते हैं इसके बाद इसमें आता है आपका टॉप बॉटम अगर टॉप 10 कर देंगे वो तो सिलेक्टेड एरिया में या कॉलम भी एरिया सिलेक्ट करके उसे टॉप 10 टॉप 5 टॉप 20 जो भी होगा वो आपको हाईलाइट हो जाएगा ऐसी बॉटम टेन करेंगे तो बॉटम टेन हो जाता है एवरेज अब अब 51। तो 51 और, और जैसे वैल्यू चेंज होगी एवरेज चेंज होगा और आपका फॉर्मेंटिंग भी चेंज हो जाएगी डेटा बार में एक बार बना के आपको इसका पोजिशन बताता है कि पूरे सेल में क्या पोजिशन है इसको अलग समझाते हैं तो समझ में आएगा आपको जो हमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन देना राइट अब मुझे इसमें क्या करना है कि अगर मैंने इसमें अगर बेटा बार यूज किया तो जैसे जैसे देखिए हमारा नंबर भर रहा है से यहाँ पे इसमें डेटा का बार हुआ है इससे हमें पता चल जाता है पूरे डेटा के ऊपर जब बड़ा बड़ा डेटा में हम शार्ट नहीं लगा सकते वहाँ पर इसका यूज़ करें उसी तरीके से यहाँ पे कलर स्केल है एक कलर्स इंडिकेट करता है कि लोअर ग्रीन रेड टू ग्रीन जितना लोअर है उतना रेड है जितना हाई उतना ग्रीन क्लियर है तो आपको क्लियर बताने के लिए ये आपको आइकन सेट है आइकन के जरिए आप क्लियर समझा सकते हैं क्या है अब आइकन का यूज एक जगह और भी करते हैं जैसे मान लीजिए कि यहाँ हमारा क्वार्टर वन है और क्वार्टर टू है क्वार्टर वन मान लीजिए फिफ्टी है पवार्टर टू में फिफ्टी तो इसकी कंपेयरिंग दिखाने के लिए आपको कौन ज्यादा कौन कम तो आप यहाँ पे आइकन इस्तेमाल कर लेंगे तो इस तरह से आपको ज्यादा दिखा एक और आपने देखा होगा कि इसमें हर जगह पे मोर रूल्स है देखिए इसमें बहुत सारे कंडीशन मिसिंग आपको दिखेगा जैसे कि गेटर ग्रेटर है नहीं है तो so में जाएंगे तो सारा मिलेगा देखिए देखिए पे ये पूरा है हाँ तो एग्जांपल कोई अगर लिखे, तो हाईलाइट हो जाए कुछ लिख दिया तो टेक्स्ट कैसे पता चलता है कौन सा टेक्स्ट है कौन सा फॉल्स और कंडीशनल कंडीशन ट्रू फॉल्स पे चलता है तो न्यू रूल्स यूज फार्मूला हम लोग क्या करते हैं कर बट यहाँ एक सिंगल सेल ही आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बैठ एज और यहाँ पे आपने कर दिया ए तो यहां पर okay. लिए और पे पे पेंट ठीक है, जैसे ही हमने टेक्स्ट लिखा, इसी तरह से बहुत सारे फॉर्मुले इस्तेमाल करेंगे बट पढ़े नहीं है फॉर्मुले के बाद आप इसमें अपनी मर्जी से जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहे वो कर सकते ठीक है